अबे भाई चिमकांडी ने नीचे गिरा दिया था सेंटे की गाड़ी बहुत खराब है भाई अबे ये चिमकांडी तो मेरे पीछे पड़ गया भाई नुबड़ा मेरे पे काला भी नहीं है मेरे को मारने के लिए दौड़ा रहा है आ तेरे को पूरा चकाता हूँ भाई तेरे को पूरा गोल गोल ना तेरे को तीन दिन तक घुमाऊंगा आ भाई ये क्यों फंसा गया भाई इसी में चुमकांडी मेरे को मारने में लगा भाई आ ले लोली मोड देख तू अच्छा भाई मारा यारीछे पड़ गया भाई गन मिल गया अब इस मुता को गन का पावर दिखाऊंगा चल पीछे करना बहुत मारने के लिए घूम रहा था एक और घन मिल गया अब कहा जाएगा आजा नुबड़े गन है भाई अभी हिम्मत नहीं आ रहा भाई मार गए छोड़े गए चिमकांडी गई इसको पूरा छकाएंगे अब भाई लेडमैन मैन मिल गए चलो इधर से कूद जाते जंप ओ भाई अब ये क्या है भाई कैसे सुपरमैन की तरफ कूदा भाई देखो ये पूरे में आ गए तो आसमान से गिरा खजूर में इधर आसमान से गिरा पूरे में अटका भाई पूरा लेनमैन बिछा देते है अब ये नुबड़ा कूदेगा मारेगा चल वही ये भी देखो सुपरमैन की तरफ कैसे प्लांटी मार के आ रहा है वही इस नोबड़े को भी कुछ मैंने अंदर लेनमैन लगाया था अब ये नोबड़े बाहर आई को पूछ रही अब मार गया और ले मजे पीछा करेगा ये देख लो ली मजा आ गया